हाँ। <laughs> <laughs> <laughs> आदमी थे दो दो, दो सदर उन्हीं की बात कर रहा हूं वो दो थे। नुँद। तो नुँद। नुँद। नुँद। नुँद। तीन सदर वो दोस्त मैं कभी एक हूं ज़्यादा था नहीं सदर हमारा एक ज़्यादा था हम तीन इसका मतलब हुआ अगर अपना एक कम होता तो बराबर होता तो नहीं सरदार मतलब तो अगर उनका एक चास्ती होता तो बराबर होता ना तो नहीं तो नहीं तो एक आदमी एक्स्ट्रा था कम था एक्स्ट्रा कम था, एक था क्यों था? जब मैं दो आदमी मां जा रहे थे तीन के साथ बजे जाना जरूरी था वहां तेरी माँ की शादी थी और ढूंढते हैं तीन ये दो होते हैं ये? एक ये एक और ये एक और ये जब मिल जाता है ना सरदार तो दो होते हैं दो और तीन तो दो में एक जमा तो तो होता है तो तीन होता है पड़े होते तो आगे लोग नहीं आती ऐसे ऐसे कोई तुमने का हाथ आ दिया कोई तो हम बड़ी मुश्किल से वो मोराम छोटा क्या नाम मानता है लेके तो आए थे गाँव के आधा को लेकिन उसको भी मार दो अपने पास रखा तो पाँच गिनती आती ये ये कभी कभी कभी कभी चार गो के बाद आता है ये तीन के पहले